हेलो गायस मैं वीणा और मेरे बच्चे बहुत दिन से मुझे सिस्ट कर रहे थे कि माँ आप भी यूट्यूब पे वीडियो बना के डालो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ये होगा वो होगा मतलब मेरा तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं लेकिन बच्चों के कहने पे मैंने कहा ठीक है चलो मैं अपना कोई क्राफ्ट अगर करूँगी तो मैं वीडियो बना के तो गायस मैंने ये एक फेवरिक लिया है हैंकी की शेप में और मेरी एनीवर्सरी आने वाली है ट्वेंटी तो को तो मैं अपनी एनिवर्सरी की डेट को सेव करके रखना चाहती हूँ कहीं वॉल पे लगाना डेकोर के तरीके से मैंने सोचा तो हस्बैंड हर बार भूल जाते हैं कि एनीवर्सरी है किस डेट में तो मैंने सोचा एक अच्छा तरीका है कि अपनी डेट को सेव करूँगी और जब मैं वॉल पे टांगी उसको हैंग करूँगी तो मेरे हस्बैं को याद रहेगा कि हमारी एक्चुअली डेट ऑफ एनिवर्सरी है क्या ठीक है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ मटेरियल्स लिए हैं जैसे कि ये थ्रेड्स हैं जिनसे मैं एम्ब्रॉयड्री करूंगी उसके ऊपर कि फैब्रिक कुछ हैं जिनकी हेल्प से मैं अपना डी तैयार कर रही हूँ जो कुछ लेसेस हैं ये कुछ लेसेस है मेरे हाथ में आप देख सकते हैं इन की हेल्प से मैं अपना प्रोजेक्ट जो बना रही हूँ अपने हस्बैंड को याद रखने के लिए एक हैंगिंग वॉल हैंगिंग कर रही हूँ तो वो तैयार करूँ तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने अपना पीस तैयार कर लिया है अभी अभी मैं इस पे एम्ब्रॉयड्री करूँगी गैज ये मैंने लेस की हेल्प से एक टसल बना के रखा हुआ है एक और मैं बनाऊंगी अभी इसके लिए गैस ये देखिए मेरे टसल्स लग चुके हैं गाइज़ मैं इस पे पेंट कर चुकी हूँ अभी अभी मैं इसको पूरी तरीके से जब तैयार कर लूँगी तब आपको दिखाऊँगी ग्राइज़ आप देख सकते हैं ये अभी तक इतना बन के रेडी है अभी मैं इसमें और थोड़ा काम करने वाली हूँ ग्राइज़ आप देख सकते हैं ये नेट है मेरे हाथ में और ये लेस है इसकी हेल्प से मैं स्कर्ट बनाऊंगी और इस स्कर्ट को अपनी डॉल के ऊपर स्टिक करूँगी माँ, पता नहीं कोई याद कर रहा है। वीडियो के बीच में, ये देखिए लैस लग के रेडी हो गई है अभी मैं इसको एक और लेस लगाऊंगी इसके ऊपर ताकि ये थोड़ा सा और लहंगे वाला लुक लगे इसका गैस अभी मैं ये वाली लेस इसमें स्टिक करूंगी अपने लहंगे पे इस तरीके से देखेगा ये ठीक है ये भी लग गया है अब मैं अपने लहंगे को स्टिच करूंगी कर स्कर्ट बनके रेडी है अभी मैं इसको स्टिच करने जा रही हूँ राइस मैंने अपनी स्कर्ट भी लगा ली है अभी मैं इसमें दुपट्टा लगाऊंगी ओढ़नी प्राइस देख सकते हैं आप मैंने वन साइड ओढ़नी लगा ली है अब दूसरी साइड में ओढ़नी लगाने जा रही हूँ इसको भी मैं इस तरीके से स्टिच कर दूंगी यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं आप मैंने ओढ़नी भी स्टिच कर ली है अभी मैंने अपनी डॉल के फेस पे मतलब हेयर वगैरह थोड़ा सा पेंट वगैरह कर लिया है अभी मैं एम्ब्रॉयड्री करूँगी और आ, उसके बाद जो फाइनल लुक होगा वो भी आपको दिखाऊँगी ये देखिए अभी इतना सारा कुछ हो चुका है मैं एम्ब्रॉयडरी शुरू कर चुकी हूँ इसमें देखिए गाइज हमारा ये फ्लावर बनके भी रेडी हो गया है अभी हम यहाँ पे और कुछ फ्लावर बनाएंगे तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमने ये फ्लावर्स बना के कम्प्लीट कर लिए हैं कुछ बेल बूटीज़ का यहाँ पे बनेगा और उसके बाद हम इस तरफ काम शुरू करेंगे और फिर डॉल के हेयर्स अगर अभी हमें बनाने हैं देखिए गैस अभी हमारी थोड़ी सी पत्तियाँ वगैरह जो थी वो बना ली मैंने अभी थोड़े से इनमें से बूटियाँ भी वगैरह बनेंगी और थोड़े से फ्लार की जो बर्ड्स होती हैं वो बनेंगी और उसके बाद हमारा ये एक साइड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए गैस अब हमारी वन साइड बनके रेडी है अब हम नेक्स्ट साइड सारा काम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मैं इसके डेकोरेशन वगैरह जो करनी है वो करूँगी अभी हमारा ये इतना बनके रेडी हो गया है अब हम इसमें डॉल के हेयर्स बनाएंगे एंड आउटलाइन करके उसको कम्प्लीट करेंगे है न जो डेकोरेट हो जाए और उसको हैंगिंग के लिए थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए इस तरीके का हम बनाएंगे अभी इसको ये देखिए हमारी डॉल के हेयर्स रेडी हो चुके हैं अभी मैं इसको इस जो सेफ्टी पिन से मैंने सिक्योर किया था ताकि इसकी लेंथ में कोई दिक्कत ना आए उसको हम रिमूव करेंगे और उसके बाद इसको बंद बन बनाएंगे थैंक यू गैस हमारा डॉल बन रेडी है अब हम डॉल के हेयर्स में जो अपना हेयर एसेसरीज होती हैं वो बनाते हैं ये देखिए बालों में हेयर्स में उसके डॉल के जो हमारा हेयर एसेसरी है उसके फ्लास लग चुके हैं अभी कुछ लीव्स वगैरह लगा देंगे थोड़ी सी बना के हम एम्ब्रॉयड्री से और हमारा डॉल का हेयर का मेक मेकओवर हो जाएगा हाँ ठीक है इसके आगे अभी हम इसमें हेयर लगा यहाँ पे थोड़े से फ्लास के साथ में लीव्स लगाएंगे और हमारा हेयर का जो मेकओवर है वो पूरा हो जाएगा <coughs> हमारी डॉल के भी हेयर्स में जो हमें एम्ब्रॉयड्री करके ये फ्लावर का मेकओवर लगाना था जो क्या बोलते हैं इसका एसेसरीज हाँ वो वो लगानी थी वो हमने लगा चुकी है अब हम इसके साइड साइड से चारों तरफ से कुछ लेस की थ्रू से कुछ जो हमारे मोती होते हैं उनके हेल्प से थोड़ा सा साइड में बनाऊंगी और उसको हैंग करने के लिए प्रॉपर एक पीछे कार्डबोर्ड की हेल्प लग लूँगी और जिससे मैं इस पर स्टिक करके उसको कंप्लीट कर सकूँ और हैंग में इजी हो सके मुझे ऐसा करोगे गैस देखिए अभी मेरा ये बॉल हैंगिंग बन रेडी है और ये कैसा लग रहा है आपको आप ज़रूर बताइएगा मुझे मुझे तो बहुत प्यारा लगा थैंक यू अगर आपको मेरा यह वॉल हैंगिंग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू